यहां फिर गए हैं दो बेल दोनों भी ये कैमरा वाली है और ये डोर है उसके बाद यहां पर टू लाइट्स पे ग्रीन है एंड ब्लू है ये हमारा डोर है उसके बताता है ये वाइट कलर की शीट और यहां पर है ब्लू ग्रीन लाइट और पर दूर दूर so यहां करीबा पे सिल्वर है सो यू हैव फॉर ये लाल कवर यहां पे लिखा है माशा अल्लाह इसकी ये है एसपी एंड फिर उसके बाद हम देखेंगे तो यहां पर है ये क्यूट सी क्रीम दिस पे लिखा हुआ है आफ्टरनून और डेसियर नॉज़न आमीन सो देखो, ये बहुत सारे कलर जैसे होते हैं अब चलोगे बहुत सारे कलर और के ताँग के ताँग ये कितना ये फ्लावर अब आए देखे हुँ? यहाँ पर भी सेम डिजाइन है यहाँ पर खाली फोर मतलब और यहाँ पर नीचे है ये नीचे भी सेम डिजाइन है ओके अंदर अंदर का लेट्स लेट्स गो वेलकम इन यहाँ पर है हमारे डो जिसके ऊपर है नेट और फिर यहाँ पर भी है हैंडल्स और अब जो मुझे बहुत बहुत पसंद है है है पे हमने रखा क्यूट और इसके बाद पर पर आता है है ये एयर फ्रेशनर और यहाँ पर इसके ऊपर आती है पर ये वॉच जिसके ऊपर लिखा हुआ है डेट मंथ इचर यहाँ पर इस साइड आती है हमारे पास ये इतना क्यूट है ना इतना गोल्डन कलर का बहुत ही अच्छा लगता है गाइस और इसके ऊपर अगर ये कुछ फाइव सिक्स लाइट्स है और बहुत अच्छी दिखती है वन और फिर यहाँ पर है हमारा शूरैक ये दोनों भी ये और ये और ये दोनों भी शूरै है और यहाँ पर यहाँ पर आपके लाइट बहुत ही अच्छी लग रही है पिंक कलर की उसके बाद है गोल्डन लाइट वाइट लाइट यहाँ पर सारे लाइट्स लाइट्स लाइट, ये पीओ की लाइट्स और इसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो हमारे पास ये स्विच बोर्ड आप देख सकते हो ये कैमरा सो um, so ये कैमरा है जो कोई भी आता है तो आप एक बार फिर से देख लेंगे पर ये है मेरा सोफा, पैटर्न मुझे बहुत पसंद है है। है है है है और और पर पर ये स्टोरेज बॉक्स रखने के लिए एंड ओपन ओपन होता है। इस होता इस तरह से भी ताकि बहुत ही अच्छा दिखने वाला मिरर देखो ये कितना अच्छा दिखता है आप इसकाई पर देख लो तो कलर ट्री जो अच्छा दिख रहा है शो पीस के लिए सारे-सारे। ओके, यहाँ पर ये क्यूट सा आप लोग देख सकते है वो ग्रेड ट्री है जो बहुत अच्छा दिखता है एंड ग्रेड लोटस जो बहुत अच्छा और हमारा ये फ्रंट का है यहाँ पर का सीना था। व्यू है आप देख सकते हो अच्छे से देख लो इसको डिजाइन उसके बाद यहाँ पर आता है हर्ट और फिर यहाँ पर सीन लोटस है आप देख सकते हो जहा पर था एंड वो भी वही है जो मैं हाथ नहीं लगा सकती ऊपर है सो so, अब हम चलते हैं अच्छा अच्छा जा, बहुत ज्यादा हमारी थी आज देखो यहाँ पर जो मैंने आपको जो व्यू बताया था फ्रंट का ये वही वाला है एज सेम एज ये दोनों जगह से हम आ थ्री कलर की लाइट है ब्लू ग्रीन ग्रीन ग्री। और, और, तो और अब यहाँ पर आता है हमारा बिग टी वी टीवी डॉ है यहाँ पर है बोर्ड है जिसमें भी लाइट है अब फिलहाल तो मैं नहीं दिखा सकती बाद में दिखाऊंगी और देखेंगे तो मेरे पास ये लाइट जो ब्लूटूथ लाइट है ब्लूटूथ कनेक्शन वाली है इसमें सॉन्ग्स हम ब्लूटूथ कनेक्ट कर सकते हैं मोबाइल को ओके ड्रेसिंग टेबल जब यहाँ पर ग्लास एंड स्वीस मोबाइल इसी मोड आपको अच्छा लगा को लाग लाग चेकर चेकर चेकर और सब्सक्राइब भी करना, करना न्यू हो तो बिल नोटिफिकेशन को भी लगाना चलो लग नेक्स्ट रूम देखते दे है फिर यहाँ पर है एसी एंड यहाँ पर लाइट्स चेंज होती है आपको दिखाती हूँ d d d d d ओके। okay. इस साइड में दोन य है, दौकरी दौकरी का है, और सामान है पर पर दो का ट्रॉली और कपूर्डर डेहली के पर देख सकते हो जिसके लगा हम पर है, everything coming. है, ये है हमारी विंडो जिसमें बंद कर ली जा रही है। पर है ये लोगों के में आपको गुजरे जाते थे ओके और विंडो के साइड में यहाँ पर है एग्जॉस्ट तो सो बस यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर वॉशिंग वौश, मशीन सर यहाँ पर अब देख लीजिए हमारा पार्किंग का व्यू कैसा लग रहा है आपको व्यू अच्छा लगे अच्छा लगा तो उस वीडियो को गिव अ बिग और एवरीथिंग थिंग यहाँ पर हम देखेंगे, देखेंगे तो हमारे पास क्या होता है और ये बहुत ज्यादा मुँह होता है ना आपको बंद करने के बहुत है यहाँ पर है हमारा गैस गैस देखो गैस आप सही से देखो हमारा गैस है और यह है इलेक्ट्रिकल गैस Uh, so आप, आप तो so मैं इसे ऑन करके आपको दिखाती हूँ खुल गई ऐसे खुलती है ये मैजिक है ओके इसे बंद करते अब हम ऐसा लिए हो चुकी है बंद तो आराम से तो तो आप, तो आप लोग देख सकते से पहले हम ये देख लेंगे ये हमारे पास है चेहरे का बोर्ड और अब आप कि टाइल्स है हमारे पास दिस पर रखा हुआ है है बहुत ही अच्छा मैं आपको दिखाती मैजिक okay, oh, लाइट्स चेंज होती है और एकदम ड्रिंग लाइट जैसा दिखता है यहाँ पर मैं वीडियो भी शूट करूंगी सब लोग देख आप हैं भी दी है यहाँ पर बैठता है तो अब आप अच्छे से देखेंगे यहाँ पर स्वीट होम लिखा हुआ, हुआ पर पर वॉशरूम और यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर है हमारा थ्री स्लाइडिंग का बोर्डिंग वन टू थ्री उसके बाद लोग देखोगे तो इस साइड है ये भी और ये जो ये जो बहुत ही स्वीट स्वीट इतना इतना कि हमको अच्छी गिफ्ट मिला रहा है तो तो पाँचे पाँचे आगे आगे है आगे आगे आगे। है पेंटिंग ना उसके बाद हमारा दिस पार्किंग व्यू विंडो में से एंड देखो कितना अच्छा लग रहा है। और अगर आपको अच्छा लग रहा है हम लोग देना ओके okay? अब चलते हैं हमारे ये बेड के पास यहाँ पर आप देख सकते हो बेड है यहाँ पास का बेड है नीचे नीचे वाला आप आप लोग लोग इसको अच्छे से देख लो पहले बेड को स्टोरेज तो है अब हम यहाँ पर चलेंगे तो यहाँ पर भी स्टोरेज स्टोरेज है और ऊपर वाला भी ऑन अभी तो हम ऊपर चलते हैं यहाँ पर आप लोग को एसी सी दिखनी होगी वहां पर आज, उपर, आज, उपर, आज, उपर, आज उपर. आ, और है है सब्सक्राइबर्स प्लीज ये और आप देख सकते हो मेरा बेड पर एक पिलो भी रखी हुई जो मेरी है और मैं आपको एक चीज दिखाई देती देखो ये हमारे नीचे का व्यू तो जैसे तीनों रूम की लाइट्स वैसी है अब हमारी रूम की लाइट भी सेम है देखो आप करके पता नज चाहिए या फिर चैलेंज चाहिए एंड न्यूज टू अवर चैनल सो ओके बाय बाय